के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ ये के चरणों में पवित्र आत्मा।, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें जाइय शु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हा तुता हो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ ये सुतना पवी तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ ये शो ही मार्ग है यीशु ही शो है यीशु ही जीवन है शु मेरा प्रभु ही ही मार्ग मार्ग है ही है येषु ही सत्य है सा ही जीवन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 चूके चर तुम पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बुझले जा तेरे तेरे ते तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तिरफु तेरे लिए यीशु तेरे लिए तिरफु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथाता हो सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यश तेरे लिए मैं पाता वो पवित्र आत्मा अबInecha यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Tere liye, tere liye, dil ko tere liye, ye shud tere, dil ko tere liye, ye shud tere. इसी तरह अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे समय पर अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे समय पर Hallelujah Hallelujah आपको धन्यवाद करते राजा, इतना अच्छा सुंदर सा मौका दिया है इसके लिए खुदाबाप आपको धन्यवाद करते हो पिता ईश मसी धन्यवाद राजा गानों और गानों से लेकर राज मसीह वर्षभ तक राजसी आपको महिमा मिले हम विश्वास करते हैं राजा धन्यवाद कर पिता यश मसीह हम सभी को राजा एक मन होकर अजय यशमसी तेरी आराधना करने के तूने हमें सहायता किया उस योग्य तूने हमें बनाया इसके लिए आपको धन्यवाद कर पिता आगे के सारे वचनों को केवल आपके हाथों में सौंपते राजा मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों को रजय ईश्मसी तेरा शब्द होकर हमें सुनने के जैसा तुने सहायता किया इसके लिए आपको धन्यवाद कर पिता ये प्रार्थना परमेश्वर पिता के एकलौते प्रिय बेटे येश मसीह के नाम से मांगते खुदावन हमें इस समय पर हमारे बीच में पास्टर तो नहीं है ऑफिस के काम से बाहर गए तो हमारे बीच में जो है जोश ना बबली आकर जो है वचनों को बाँटेंगी और अक्का जो है उनको ट्रांसलेशन करेंगे Hallelujah हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से से आप आप सभी सभी को धन्यवाद हो। glad फिर एक बार मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए आज के समय के लिए हालेलुया। How many of of of you you you. ready to to to hear the word of the word word God? God, God कितने लोग लोग तैयार उस परमेश्वर परमेश्वर के के? के के वचन वचन को को सुनने सुनने I I said not my words. words लिए हमारे नहीं। Hallelujah. Hallelujah. want everyone to be listened to it. मैं चाहता कि सभी ध्यान सुने। And catch whatever you have, whatever have, gives और अगर आपको जो भी बात अच्छा लगता है जो परमेश्वर आपसे कहता है तो उसे स्मरण रखिएुया Start from how many of your people have uh, means you have done whatever you have the strength and you have done for Christ. ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पास जो कुछ है आप जो भी करना चाहते हो परमेश्वर के लिए आपने किया है. It's like what, how much strength you have in your own self, and uh, you have uh, given the perfect to God. आपके पास बहुत ताकत है और आ, आप परमेश्वर आपसे जो चाहता है आपने उसके जरिए परमेश्वर को दिया है कितने लोगों ने ऐसा किया it है? वो कुछ भी हो हो सकता सकता है। है। वो चर्च का काम और कुछ बाहर का काम हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। Here in the Bible, यहां हम बाइबल में पढ़ते हैं uh, पर एक आदमी है जो, जो वैसे किया जैसे आप लोग करते हैं we'll हम वचनों को पढ़ेंगे समय पर। uh, 4:4 उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय चौथा वचन को पढ़ेंगे एवरीवन एवरीवन। नो दिस वर्ड राइट? सभी सभी को को को वचन वचन पता पता पता है। है? है। और के के बारे बारे में। में हाउ मेनी ऑफ दैट? कितने पर दो भाई होते हैं एक का नाम केन और दूसरे का नाम एबिल है आशीषित एंड नोट और एक आशीषित नहीं था विच वन ऑफ यू would to be like to aapko kiske tarah rehna chahenge everyone will like to be like abel sabhi sabhi log jo hai abel ke tarah rehna pasand karenge but what did abel did lekin abel ne kya kiya can anyone tell us what did abel did abel ne kya kiya he took the best gift wo jo hai ek acha gift ko acha चीज को परमेश्वर के पास के लिए उसने उसने ऑफरिंग को दिया, को दिया। did, और और और भी किया है और उसने जो कुछ किया वो सबसे he अच्छा किया उसने बहुत अच्छा दिखाई और केन ने क्या किया lifted up some of them and give to god vo jo hai ye socha ki main parmeshwar ko kyu dhoka kar jo kuch hath mein mila vo uthakar parmeshwar ko de chada and then abel uh, when god uh, what to say accept the uh, sacrifice uh, whatever he gave aur jab parmeshwar ne jo bhi jo bhi tashvansh ko jo hai abel ne diya to ushe swikar kiya lord was very happy aur parmeshwar jo hai bahut khush tha the same way उसी दिन गिव, आप जो कुछ देते हो योर uh, वर्क आपका काम योर टाइम आपका समय योर टॉक आपके बातें योर हैप्पीनेस, आपका आपका योर सैक्रिफाइस, जो है योर लविंग, आपका, love, आपका लव, जो प्यार, एवरीथिंग, सब कुछ, यू गिव हियर एंड स्प्रेड इन आप जो कुछ करते हो जो कुछ देते हो और जो कुछ पाटते हो यहाँ पर That is the work of the Abel. वो जो है आप Abel का काम है वो एबिल करने वाला काम ऑफ गेटेड कितने लोग को समझ में आ रहा है what Abel did, Abel ने क्या किया? He gave the best. उसने अच्छा दिया उत्तम भाग दिया And what we are doing, और हम क्या कर रहे हैं और हम भी क्या कर रहे हैं अच्छा दे रहे हैं जो देना है हर एक लोग जो है अपना अच्छा तो अपना अच्छा जो भेंट है परमेश्वर के में रखते हैं। our, is, uh, uh, वो हमारा प्यार परमेश्वर के लिए है वो हम चाहते कि हम परमेश्वर परमेश्वर को दें। लेकिन, but जब आपसे कुछ पूछता है अगर परमेश्वर आप से कुछ पूछता है आर यू रेडी टू गिव क्या आप तैयार है देने के लिए yes. If he is asking the time, अगर अगर परमेश्वर आपका समय समय पूछता है। Are you ready to give? क्या आप देने देने के लिए देने के लिए लिए तैयार हो? वो कुछ बलि बोलता है Are you ready? क्या आप तैयार हो? And God is asking you the same. Are you ready to give it? If God asks you for something, you have to give it. The love may be the person, the thing, or the. Uh, it may be anything. What you have loved uh, very uh, loyally, you have loved that person or anyone. It we'll may be anything. What you have loved very loyally, you have loved that person or anyone. It uh, may be anything. What you have loved very loyally, you have loved that person or anyone. It may be anything. What you have loved very loyally, you have loved that person or anyone. It may be anything. What you have loved very loyally, you have loved that person or anyone. We'll read the word of God. हम वचनों को पढ़ेंगे 22 2 उत्पत्ति उसका दूसरा वचन mm. उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलोते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है शंख लेकर मौर्या देश में चला चा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर भी ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबली करके चढ़ा यहाँ पर भी हम वही उसी वचन को देखते हैं दैट गॉड समथिंग टू अब्राहम कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ पूछा लॉर्ड अब्राहम यहाँ पर अब्राह्म को परमेश्वर ने क्या पूछा उसने अपने प्रिय पुत्र को को पूछा। पूछा। लेकिन जो जो जो उसका एक, एक बेटा था। seen, uh, Abraham, uh, और जो है था और और और परमेश्वर परमेश्वर है है है। देखता कि अब्राहम उसके बेटे से बहुत प्यार करता है। the और uh, और ने के पुत्र को ही परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि पर्वत पर जा एंड सैक्रीफाइस और अपने बेटे को बलि देना डिड ही डू दैट और अबराम ये किया क्या, no? क्या अब ये किया या नहीं did did? Yes, किया? हाँ, उसने इसलिए किया, uh, कि, किया क्यूँकी वो परमेश्वर के सामने दीन थानी उसने किसी भी चीज के बारे में सोचा उसने सिर्फ एक ही बात को what कहा। given, जो कुछ तूने मुझे दिया है, है। वो आपका ही है. और हम क्या करते हैं यहाँ हमारे पास समय है हमारे पास बट वॉट है लेकिन क्या होता है जब परमेश्वर हमसे पूछता है क्या हम तैयार हैं देने के लिए? क्या हम देने के लिए तैयार है uh, uh, क्षमा करने के लिए तैयार like कोई, uh, कोई है आपके सामने खड़ा है जो जिसे आप पसंद ही ना करते हो बट स्टिल यू आर शोइंग लेकिन फिर भी आप हजकर जो है प्यार of, दिखाना नहीं बट टू लिख यू डू दैट लेकिन आपने किया, किया? वही परमेश्वर आपसे चाहता है हमें जो है एक दूसरे से प्रेम रखना And है। us, और जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहता है हमें, हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए यहाँ पर अब्राहम ने वैसा ही किया What about Joseph? Joseph ने यहाँ पे क्या किया? Joseph was very loyal. Yusuf जो है एक आत्मिया कारी था। He was a uh, very, he was having the good relationship with God. उस उसका जो है परमेश्वर के साथ में अच्छा मेल था। But uh, he in his uh, uh, time. लेकिन उसके समय पर? He was like very, uh, as though he was having the good relationship with God. जबकि उसका अच्छा समय अच्छा uh, अच्छा संगति उसका परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर के साथ था। था। लेकिन उसे और भी चाहता था। What God did? लेकिन ने पर क्या किया? उसने उसने जो है राजा बनाया। he made a king of the area. उसने यूसुफ को जो है राजा बनाया God wanted that. और परमेश्वर यही चाहता था What about Peter? पत्रस के बारे में हम क्या देखते हैं? है When Peter was like, uh, fishing, जब पतरस नाव पर चढ़कर मछली पकड़ने जा रहा था When he went, जब वो गया, यीशु यीशु यीशु मसीह मसीह मसीह उसके पीछे था, था, like, देख रहा था. Peter, I don't want you to be here. बोल, सोचता है कि पतरस मैं यहाँ पर तुझे नहीं देखना चाहता मैं तुझे इससे बढ़कर बनाना चाहता हूँ मैं तुझे और भी ऊंची उतानों पर चा, I want चलाना to, चाहता हूँ राज्यों को आगे बढ़ाई so कि तू पक, ना मछलिया बट यू दीपल लेकिन मैं तुझे आत्म लोगों को लोगों को मेरे पास ले क्या नहीं सकता और परमेश्वर का जो है सु समाचार परमेश्वर का वचन सुनाने का स्प्रेड लमेश्वर के प्यार को बांटने का, काउ मेनी ऑफ यू आर स्प्रेडिंग कितने लोग जो है परमेश्वर का प्यार को बांट रहे हैं हाउ टू स्प्रेड ऑफ गॉड को कैसे बांटते हैं? कैसे? परमेश्वर के प्यार को कैसे बांटते हैं list 1 how to spread the love of god oh lord spread the uh, love of god uh, how jesus spread the love of god yeshu machhe ne parmeshwar ke pyar ko kaise prakat kiya right apne bete ko dekh kar how कैसे? He gave his only begotten son. उसने जो है अपने प्रिय पुत्र को को जो जो है है बेचा. So what you are giving? तो आप आप क्या दे रहे kind of आप uh, दे रहे रहे हो? किस प्रकार का परमेश्वर परमेश्वर हमसे बहुत छोटी छोटी बातों को चाहता है बट इट इज वेरी हार्ड टू कम्प्लीट लेकिन उसे पूरा करने के लिए बहुत है जिससे आप, like. आप पसंद नहीं करते उसके सामने कड़ा करेगा ही परमेश्वर जान मुझके उससे बात कराने का कोशिश कर जबरदस्ती गलत करने के लिए नहीं बट ही आपका प्यार देखना चाहता है बट ही लव टी वॉट यू कैन डू फॉर द्राइज वो देखना चाहता है की आप परमेश्वर के लिए क्या करें आई एम सी टू ठीक uh, no. है मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मैं यह इस चीज को करो और मैं देखना चाहता हूँ कि ये करता है या नहीं is she doing or no? क्या वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं इट्सूइंग बाईर होन सेल्फ और हाउ आई वॉन्ट वर टू बी क्या वो उस रीति से कर रही है जिस रीति से मैं करना चाहता हूँ एवरी वन पर हर एक लोग जो है, कुछ तो परमेश्वर को दिया है, है कुछ तो हम सभी में कमी है। yes, लोग कह सकते हैं। yes, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है yes, है? है। कुछ तो कम है. But opposite to that, लेकिन उसके समोक, He has kept a very big उसने जो है बहुत बड़ा चीज हमारे सामने है।, और वो है प्यार यू है आपको जो है परमेश्वर का प्यारे जब आप परमेश्वर के प्यार को बात जो भी खालीपन आपकी जीवन में है इट इज फिल्ड वो भर जाएगा परमेश्वर जो है सचमुच आपको भरेगा एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ और आपके आत्मिक जीवन में जब जब आप आप बढ़ते बढ़ते हो, हो, I am doing. आप जो है परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो अंकल बोल रहे है वो जानते है कि हम, आ, हमारा बच्चे जो है हमारे बात को सुनते हैं and what and everyone and we think that uh, sometimes we feel like we are a, we have the good relationship with god kuch samay par hame aisha lagta hai ki hum parmeshwar ke sath mein bahut acche hain when we uh, we are starting jab hum aatmik jeevan mein naye naye rehte hain we definitely feel like that hame aisa lagta hai but actual exams comes when lekin sach sachai tab pata chalta hai when god God God will will will what what to do? God will snatch what is love for you। and you will cry And and cry say। आप जो है रो रो करेंगे लॉर्ड यू नो दैट दिस इज my बेस्ट वन इन माई लाइफ परमेश्वर आप जानते हैं की ये मेरा सबसे प्रिय है without him or without she or without her आई के नॉट डू आप कहेंगे की बिना इनके बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी वेमेंट इन लाइफ में हर निर्णय जो है मेरे जीवन में लेना चाहता हूँ मैं अपने माता पिता को पूछ कर करता हूँ only। और आपने उन्हें ही ले लिया What I love the most। मैं मैं बहुत प्यार करता परमेश्वर नहीं जानता हूं। मैं नहीं have, what I, what I क्योंकि most. आपने उस चीज को मांगा है जिसे मैं प्यार कर लॉर्डिंग परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया है why, फिर से हमारे जीवन में खाली पड़ रख लाइक आपने ऐसा क्यों किया blame blame blame हम जो है परमेश्वर के ऊपर निंदा करेंगे। you Lord, लेकिन जब अपने आप को आप दीन कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आते he हो, वो जो है आपको हर एक चीज का उत्तर देगा वो जो है आपको हर चीज का उदाहरण देगा ही Talk to you through the Word of God, and He will teach you everything. Why I did this to you. वो जो है आपको वचन के जरिए आपको हर एक बातों को सिखाएगा, आपको बताएगा. Abraham did not ask why, why Lord, you asked my son. He was only my beloved son. Abraham ने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि आपने मेरे बेटे को क्यों पूछा? वो एक ही बेटा है मेरे पास. Within पार. the one word. एक ही शब्द में. Abraham, go to the mountain and sacrifice your child. अब्राहम पर्वत पर जाकर अपने बेटे को बलि दे देना एक शब्द भी नहीं पूछा Early in the morning। सुबह सुबह उठकर। He, he uh, took his son। उसने अपने बेटे को लिया। He took something, uh, some things with him। उसने कुछ चीजों को अपने साथ में लिया He walked। और वो गया And he, whatever his son is asking। और जो कुछ उसका बेटा पूछ रहा था। Lord, everything we took। वो वो सब कुछ लिया लिया उसने उसने लकड़ी को वी वी नीड फॉर द सैक्रिफाइस टुक एवरीथिंग उसे अपने बेटे के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था बट ही वॉज रेडी लेकिन वो तैयार था अपने वो वो वो अपने अपने आप आप को को कर कर कर रहा रहा रहा रहा रहा था। था था। था था। जब जब जब चल चल तभी शांत भी तो परमेश्वर परमेश्वर से बात ने जो कुछ अब्राहम से कहा अब्राहम जब वो कर रहा था एंड then then the lord saw abraham jab parameshwar ne abraham ko dekha whatever i am saying he is doing perfectly मैं जो भी कह रहा हूँ वो ठीक ठाक से कर रहा है do, मैं जो कुछ अब्राहम से करने को कह रहा हूँ वो बराबर कर रहा है son, अगर मैं उसके प्रिय पुत्रों को पूछ रहा हूँ वो उसे भी देने के लिए तैयार है वो मुझसे कुछ सवाल नहीं कराहम नो वट आई क्यूँकी अब्राहम जानता है कि परमेश्वर कौन And है आई नो वट आय और परमेश्वर जानता है कि वो कौन है सो यर वींक वोइंग टू सैक्रीफाइस और हमें यहाँ पर देखना है कि हम क्या बलि को दे रहे हैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है we have to be always ready for हम, the हमें जो है हर पल तैयार होना चाहिए अगर परमेश्वर कहता है कि इस काम, है, काम को छोड़ना आपको इस काम को छोड़ना है Okay Lord you don't want me to do this I will not do ठीक है परमेश्वर अगर तू नहीं चाहता है कि मैं इस काम को करूं तो मैं नहीं करूंगा Sometimes it is very hard to leave something what you have loved और कुछ समय पर जो है आसानी होता है कुछ चीजों को छोड़ना And that's why the reason God is asking और उसी कारण के वजह से ही परमेश्वर उसे पूछता है We have to be ready हमें जो है तैयार रहना है Okay Lord I'm leaving ठीक है परमेश्वर मैं छोड़ देता हूं But when you pray लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं Lord it is very difficult फॉर मी टू लिव दिसन परमेश्वर इस, पर इस, इस चीज को छोड़ने के लिए मैं नहीं छोड़ पाऊंगा ऐसा हम प्रार्थना करते है, Lord, asked, लेकिन अगर आपने है तो, मैं वो जरूर करूंगा मैं अपना पूरा तुझे, तुझे दे दूंगा मैं अपने जीवन का पूरा समय तुझे बट वेन इट इज Not able in my own strength, लेकिन जब वो मेरे मेर, मुझसे हो नहीं पा रहा है आप मुझे संभाले यू बी माई क्वेश्चन आप uh, मेरा सवाल बने यू आर ओनली आंसर और आप ही मेरा उत्तर हो इफ यू आर ओनली मेकिंग अगर आप ही उस राष्ट्र को कठिन कर रहे हैं और उसी राष्ट्र में चलाने वाला भी है परमिश्रुआ लुया इन फ्रंट ऑफ असर अगर हमारे बीच में बहुत बड़ा समुद्र है हम हमें सामने समुंदर दिख रहा है और सामने कुछ भी नहीं है Yes, it is like a a cloud and a sea touching to the lines. आपको ऐसा देखा होगा कि बादल और आसमान और जो पानी एक ऐसा लाइन में है। है। God says there. परमेश्वर पर देखता How much big the the ocean or the sea is? जितना बड़ा वो है। Be remember. उतना उतना करना। That much big the sky is. ही बड़ा आकाश होता है How the sea is covering? और जैसा आसमान का उसे ढक रहा है और और जैसा जैसा आसमान सम, के के ऊपर ऊपर दिखता है। है। है हर चीजों हमें जो वैसे विश्वास के साथ में वहाँ पर देखना है एंड और हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी जो है जो समंदर जो है जैसे कैसे दूर जाते, अगर हम देखते हैं तो आसमान को छूता है Hallelujah. Hallelujah. How your big problem is? अगर कितना भी पड़ा, आपका परेशानी क्यों ना हो? मोर ग्रेटर उतना ही बड़ा आपका सहायक है जो परमेश्वर है परमेश्वर को उत्तम बेट देना है हालेलुया। हालेलुया। हमें जो है हर पल तैयार होना चाहिए to God, अगर आप परमेश्वर को सवाल परमेश्वर आपको हाली do लुइया जीवन में बी रेडी टू मीट गॉड परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रही है परमेश्वर से आप कैसे मिलेंगे परमेश्वर से आप कैसे मिलते है? so yeah. हैं इट्स जस्ट सिर्फ प्रार्थना के साथ कितना लेटर का है वो पांच so, लेटर का वो P -R -A -Y. शब्द है बट इट्स अ वेरी बिग लेकिन वो बहुत बड़ा चीज है do पीपल डोंट कुछ लोग that, okay, and, uh, कुछ समय पर लोग ऐसे सोचते हैं उसके पास सब कुछ परमेश्वर उनके साथ में है हमारे साथ में नहीं आपसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा है are the same. उनके जैसे ही जो कानून और जो निर्णय उसने आपके लिए लेकर रखा he है has kept for him and me. वो उसी चीज को उसने हमारे लिए भी रखा है जो भी जिस रीति से परमेश्वर आपसे प्यार करता the है same love he has kept for both of उसी रीति से परमेश्वर हमें भी प्यार करता है परमेश्वर के सामने। We are all equal. हम जो है एक समान है सो नेवर थिंक दैट आई एम वेरी स्मॉल और शी इज वेरी बिग और वेरी पिग तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि uh, हम जो है छोटे हैं सामने वाला बड़ा है Hallelujah. Hallelujah. And we always have to take a special step in God. हमें जो है हर पल परमेश्वर के नजर में एक उत्तम step को लेना है. I I want to give you all one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा. How many of you all know Jack in the Bible? कितने लोग जक्के को जानते हैं बाइबल में? He was a very short person. वो सबसे नाटा इंसान था, सबसे छोटा. Yes, how many of you all remember? कितने लोग जानते हैं? Yes, everyone. Used to the, uh, money from the that was his professional work. वो उसका काम था वॉज वो उसका, काम था. Professional work he was. उसका वो काम था Jesus is this. जब जब लेकिन उसने उसने सुना कि यीशु मसीह जो है है है। चंगा करने वाला है, सब वाला सबको आशीष देने He He he ran by himself. He took a good step for the the Lord Lord. and he wanted to see the Lord. उसने अपने आप से जो है आ, एक अच्छा सोच कर उसने जो है वहाँ से उठकर कर ये मछी को देखने के लिए उठा Hallelujah. Hallelujah. And then he was हार नहीं मानाइम्ड दी वो जो है झाड़ के ऊपर चढ़कर एंड एवरी और अपने चारों दिशा में वो देख रहा था गॉड विल कम फ्रॉम यीशु मसीह यहाँ से आएगा यीशु मसीह मसी सामने से well, आएगा मैं उसे देखना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़ा है How can love the who कि उस, वो वैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकता है जो पापी है How he can sit with the who have वो hmm. उन लोगों के साथ में कैसे बैठता है जो पाप करते हैं। वो कैसे प्यार कर सकता है? है उसे देखना था। And did that. और चक्के जो उस चक्कर गया। when you have the to see the Lord, अगर आप परमेश्वर को देखने का उत्सुकता रखते हैं चाहते हैं यू है you have to leave first. आपको सब कुछ छोड़ना है एंड यू है आपको जो है एक अच्छा Uh, उत्तम स्टेप uh, जो है आपको अपने जीवन and में लेना to, uh, और आपको जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा Hallelujah. Hallelujah. That, okay, be, uh, जब आप सोचकर निर्णय लेते हैं कि मुझे परमेश्वर में और भी आगे बढ़नाव फिक्स मोर स्परि जब आप ये सोचते हैं कि मुझे आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ना so, है जब तब भी आपको क्या करना है तभी उस समय पर शैतान जो है आपके बाजू में बैठा है। है वो जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ करेगा काम से अपने आप को दिन करना बी प्रेयरफुल इन योर माइंड अपने जीवन में प्रार्थना लगातार करना मेक योर सराउंड लाइक प्रेयरफुल मैनर अपने आप को जो है अच्छे लोगों के बीच में रखना टॉक लेस विध दीपुल लोगो ऐसी कम बात करना talk less with the people logon se kam baat karna prayer prayer prayer prayer mein zyada badhna and then you will grow up into spiritual aur tabhi jo hai aap apne aatm jeevan mein badhoge catching this mic standing here it's not an easy mic pakad kar yahan par khada rehna kuch aasan kaam nahi hai i am not saying that i am making myself a pride मैं मैं अपने आप को बता रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कहना It is a thing that God taught me in my life. वो वो ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। है like वो ऐसा है कि जब आप अपने आत्मिक जीवन में और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हो। you are, you will take one, one step forward. आप जो है एक एक एक एक स्टेप को को परमेश्वर परमेश्वर के के अंदर लोगे। और जब अपने आप को आप के सामने बढ़ाते there is both हो। बढ़ात वहां पर दोनों हैं। एक यीशु मसीह है। And there is devil's work, और वहां पर शैतान का कार्य भी there है। is not devil. शैतान नहीं है वहां पर देर इज डेवल्स वर्कान का With his own self. Yes, that why this man is growing in the Christ. की ये इंसान परमेश्वर के अंदर इतना क्यों बढ़ रहा है Uh, from the Lord. जब होट मे बी इट मेथिंग हो सकता है इट मे बी स्पिर आत्मा हो सकता है इट मे बी ट्स वो अन्य भाषा हो सकता है इट मेथिंग वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है. हो सकता है. हो सकता है. लेकिन खोना नहीं। If he will miss it, अगर आप उस चीज को खोते हो प्रे टू गोड परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन hmm. में आपको आपको जो कुछ देता है कार्य कर आपको उस चीज ऐसी कभी हटाना नहीं डोंक इट वेरी इजी पवित्र आत्मा को और परमेश्वर को आसान रीति ऐसी नहीं लेना you have, you Lord, अगर आप पर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हो बिग स्टोरी आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। और परमेश्वर उस चीज को चाहता है जो if, आप करना चाहते हो इफ यू आर सी अगर आप यहाँ पर बैठे हो गॉड वी परमेश्वर आपसे कुछ तो चाहता है आई एम सींग यू और हम ये कह रहे हैं अपने आत्मिक जीवन के साथ में कभी नहीं खेलना डोन्ट एव प्ले विज मेड यू समिंग अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बनाया है कुछ अगर परमेश्वर आपसे चाहता है तो उस कार्य आरोप उस चीज के लिए आप मेहनत करिए आप अंकल हो सकते हो, आंटी हो सकते हो, या कोई यहाँ पर सुन रहे वो समिंग गिफ्ट इज यू आपके अंदर कुछ न कुछ तो परमेश्वर का वरदान है। आपके पास पवित्र आत्मा है आपके पास परमेश्वर का हर एक चीज श्योर इट इज विध यू ओली आप स्मरण रखे कि वह आपके पास है Don't ever give up in that. अपने आप को उसके अंदर कभी खोना नहीं। और ये मत सोचना कि परमेश्वर हर पल आपके साथ है। विल सी कीमेश्वर मुझे क्षमा करो फॉर वीजन परमेश्वर जानता है की मैं क्या चीज के लिए कर रहा हूँ like कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं लोग पाप करते हैं like, okay, जानता है कीमेश्वर के ताकत को पूछना परमेश्वर की बुद्धि को पूछनाज इन लाइफ परमेश्वर के आशीष को पूछना ही वो आपको जो है जरूर ऊपर स्थानों में लेकर आयेउट गॉड इज नॉट इजी जो आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं हाउ लाइटली यू आर टेकिंग गॉड इज नॉट इजी जो आसान तरीके से हम परमेश्वर को लेते हैं परमेश्वर वैसा नहीं है डोंट डू देट हमें वैसा नहीं करना टाइम हाँ, हर समय आरोप फर्स्ट पोजिशन इन द गॉड अपने आप को जो है परमेश्वर के स्थान में पहले रख गॉड पोजिशन इन याइफ अपने जीवन में सबसे पहला परमेश्वर को इम्पोर्टेंट वाइंड फर्स्ट आपके दिमाग में अगर कुछ भी बातें आती है नील डाउन एंड प्रे फर्स्ट गुट ने टेक कर प्रार्थना करिए मांगे हु इज यू इज यू इज यू इज आपका भाई कोने आपका बहन कोने आपका पति कोने आपका पत्नी कोने आपको सिर्फ सलाह देने के लिए लेकिन है लेकिन परमेश्वर जो जो आपको रीति से बताएगा do, do वो बताएगा वो कि जो कुछ मैं करता हूं, आ, उ, आप जो है उस जगह पर जरूर पहुँचेंगे yes, आपको मैं तेरे बाजू में जो है तेरे तुझे जो है मेरे मंडली के बीच में रखूंगा बट की लेकिन, लेकिन सबसे पहले जो है परमेश्वर को स्मरण करवाना है We We have have to to give whatever his plan is. We have to make in that successful. परमेश्वर का जो भी योजना हमारे जीवन में है हमें उसे पूरा करना है for for thing, what for Lord, ask Lord, for what Lord, Lord, Lord. reason I have come here, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ Lord, Lord, क्या कारण है जो आप मुझे यहाँ Lord, what हो? was the reason you made me? परमेश्वर क्या कारण है जो आपने मुझे बनाया है परमेश्वर से पूछो और फिर से कहते हैं हैं अपने आत्मिक जीवन के साथ में जो है खेले नहीं He will you, I know. वो आपको जरूर करेगा जानते do लेकिन फिर भी आपको नहीं करना चाहिए gift, अगर आपके पास कुछ वरदान है आप उस वर, उस वर गिफ्ट को लेकर आगे बढ़िए फन एंड लाव everything is with you all the time khelna hasna ye sab aapke paas hamesha hai seriousness in spiritual life is also important lekin aatmik jeevan mein seriousness bhi important hai our church pastors used to shout me and him every day every day daily jo hai uncle jo hai humko chilla dete the every night har raat ko whenever uh, we come home jab kabhi bhi hum ghar pe aate the every time he used to shout वो हमेशा हमको थे। वो सिर्फ एक ही बातों को कहते थे। don't waste your time. अपने समय समय समय को को को मत मत मत करिए। अपने अपने करो। करो। really, हमें सच में जो है समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। We have to play. हमें हमें हमें हमें खेलना है, है, है, हंसना भी भी दोस्त बनाना वो सब करना अच्छा लगता है जो हमें आ, अच्छा लगता है करने के लिए हम वो करते हैं बट वेन इट कम्स टू स्पिर लेकिन जब आत्मिक जीवन का बात आता है आपके जीवन में आपको एक सीमा बना लेना चाहिए Christ, अगर आपने एक जीवन को शुरुआत किया है परमेश्वर परमेश्वर में, day, से हर समय पर प्रार्थना कीजिए। sure, वो वो जरूर जरूर जरूर बात बात बात करेगा। जरूर बात करेगा। करेगा। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं He is our और वो हमारा पिता है। He is a father। वो हमारा पिता he है। He is a lovely father। वो अच्छा परमेश्वर परमेश्वर है। He He is a protector। वो वो हमें संभालने वाला परमेश्वर he है। loved us। वो हमसे प्यार करने वाला And परमेश्वर for that reason, है। we are loving it. और उसी कारण के वजह से हमें भी उसे प्यार करना चाहिए। Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! I want you लुइया हम चाहते है की आप जो है अपने आत्मिक जीवन में पड़े अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप कर अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामने बढ़ाया है Grow up in, uh, in your spiritual वैसे ही हमें भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है। Hallelujah. Hallelujah. God bless us this of God. है हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो इस वचन के जरिए हमें